अगर आप सोचते हैं कि इंसान ही अपने रहने के लिए अच्छे घर बना सकता है तो आप गलत हैं। आज कुछ ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं आपके साथ पक्षियों की अपनी अलग और अजीब सी दुनिया है इनके रहने के अलग अलग तरीके हैं। इनका घोसला एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह का होता है पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार इनके घोसलों के प्रकार दर्जन भर ऐसी ज्यादा है अब इन सभी प्रकार के पक्षियों के घोसलों को बचाने के लिए पक्षी कुछ भी कर सकते हैं क्षेत्र में पक्षियों के घोंसले बनाने की अलग अलग विधि है कौन पक्षी कहा और किस प्रकार से घोंसले बनाता है नंबर वन द मोन्तेमा आयरोपेंडोला हैंगिंग नेस्ट मोन्तेजुमा और पंदोला एक औपनिवेशिक ग्रीडर है और केवल मादाएं पेड़ों में 24 से 70 इंच लंबे रेशों और लताओं के लटके हुए बुने हुए घोंसले बनाती है जो आमतौर पर कम से कम नब्बे फीट लंबे होते हैं पक्षी उन पेड़ों को पसंद करते हैं जो ततैया के बड़े घोंसले को सहन करते हैं जिनके चुभने वाले हमले संभावित खतरनाक शिकारियों और परजीवी कीड़ों दोनों को रोकते हैं एक सामान्य कॉलोनी में लगभग तीस घोसले होते हैं नंबर टू हमिंग नेस्ट हमिंग अपने घोंसलों के लिए सुरक्षित आश्रय वाले स्थान चुनते हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके बच्चे धूप हवा बारिश या शिकारियों से सुरक्षित हैं। सबसे आम घोसला स्थान एक पेड़ की कांटेदार शाखा में पतली पौधों की शाखाओं के साथ या घने झाड़ियों में आश्रय होते हैं विशेष रूप से उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए अतिरिक्त है झाड़ियों जैसे क्षेत्रों या कंटिली झाड़ियों को प्राथमिकता दी जाती है हालाँकि हमिंग साधन सम्पन्न है और अद्वितीय स्थानों में घोंसले का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें घोंसले के शिकार स्थान शामिल है घोंसला स्थान चुनते समय मादा पक्षी पर्च की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए बार बार उस पर उतर सकती है जिसे यदि चुना जाता है तो उसे अपने वजन के साथ साथ घोंसले के वजन और उसके बढ़ते चूजों का समर्थन करना चाहिए क्यूँकी चिड़ियों का वजन बहुत कम होता है इसलिए लगभग कोई भी पर्च घोंसले के शिकार स्थल के रूप में उपयुक्त हो सकता है घोंसले की ऊंचाई चिड़ियों की प्रजातियों और उपयुक्त घोंसले के शिकार स्थान उपलब्ध होने के आधार पर बहुत भिन्न होती है हमिंग आमतौर पर अपने घोंसले जमीन से 3-7 फीट ऊपर बनाते हैं और घोसला पसंदीदा खाद्य स्रोतों ऐसी आधा मील की दूरी पर स्थित हो सकता है यदि कोई नजदीकी शाइट उपयुक्त नहीं है हमिंगबर्ड घोंसले पूरी तरह से मादा पक्षी द्वारा बनाए जाते हैं संभोग के बाद नर चिड़ियों के पास घोंसले के शिकार स्थलों को चुनने घोंसले के शिकार की सामग्री इकट्ठा करने या चूजों को पालने में कोई भूमिका नहीं होती है नंबर थ्री यूरोपियन बी इटरबर्ड नेूरोपीय पक्षी की पहचान मुश्किल हो सकती है लेकिन भूरे भूरे और सूक्ष्म रंगों के भेड़ों के बीच इन सुंदरियों को उनकी तेज विशेषताओं और समृद्ध रंगीन पंखों के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है यूरोपीय मधुमक्खी खाने वाले सभी मधुमक्खी खाने वाले पक्षियों में सबसे रंगीन है उन्हें उनके पतले रूप चमकीले पीले गले जंग लगे रंग का मुकुट फिरोजा के नीचे के हिस्से और पीली पीट ऐसी पहचाना जा सकता है नुकीले रंग हड़ताली काली चौच और मुखोटा जैसी आँखों के बैंड के विपरीत स्पष्ट रूप से विपरीत होते हैं यूरोपीय मधुमक्खी खाने वाले थोड़ा यौन दुरूपता प्रदर्शित करते हैं इसलिए नर और मादा को अलग अलग बताना मुश्किल हो सकता है मादाएं अपने ऊपरी हिस्सों पर पीले रंग की बजाय थोड़ी अधिक हरी होती हैं। यौन आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रजनन करने वाले पक्षी अपने गैर प्रजन समों की तुलना में आमतौर पर उज्जवल होते हैं। नंबर फोर सोशल अधिकांश बुनकर पक्षियों के विपरीत मिलनसार बुनकर पक्षी बुनाई नहीं करते हैं उनके घोंसले झोपड़ियों की तरह दिखते हैं एक ढलान वाली घास की छत से भरा हुआ है जो बारिश को बहाती है यह कोई साधारण घोंसला नहीं है यह एक विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक की तरह विशाल है जिसमे साल भर एक सौ मिलन परिवार रहते हैं कुछ मिलनसार बुनकर घोंसले 100 से अधिक वर्षों से कब्जा कर रहे हैं घोंसला बनाते समय मिलनसार बुनकर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं बड़ी टहलियाँ घोंसले की छत बनाती है और सूखी घास अलग कक्ष बनाती है भूसे के तेज स्पाइक शिकारियों से प्रवेश द्वार की सुरंगों की रक्षा करते है उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की प्रकृति के कारण बुन कर को निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है घोंसले को बरकरार रखने के लिए बुन लगातार अधिक सामग्री जोड़ते हैं दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो ला सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें